जो लोग इस उनके नए घर में आए हुए थे वे दोनों और उनका बेटा स्टीवन बहुत ज्यादा खुश थे अपने नए घर को लेकर और उनकी बेटी खुश नहीं थी वो अपने दोस्तों को छोड़कर इस नए माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रही थी वो अपने पेरेंट ऐसी दूर रहने लगी थी और उसे लगता था की उसके पेरेंट्स उसे नहीं समझते है उनका घर गर, दूसरे घरों से काफी ज्यादा अलग था और घर की एक दीवार पर किसी आदमी की फोटो भी लगी हुई थी और किसी अलग भाषा में लेटर से वहाँ पर कुछ लिखा हुआ था वहाँ पर एक ट्रायंगल भी बना हुआ था वहाँ के सभी दरवाजों पर था सिवाय एक के और बेसमेंट के दरवाजे पर वैसा कोई भी निशान नहीं बना हुआ था वे सभी बेसमेंट को देखने लगते है अंदर जाने आरोप बेसमेंट एक नॉर्मल बेसमेंट जैसा ही दिख रहा था फिर वहाँ ऐसी कियारा ब्रायन और स्टीवन बाहर आते हैं और जब एली बाहर आने लगती है तभी बेसमेंट का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो दरवाजा खुल नहीं रहा था एली को अंदर किसी के होने का एहसास होता है तो वो डर जाती है और वो अपने पेरेंट्स को जल्दी से दरवाजा खोलने को कह देती है ब्रायन को बाहर उस दरवाजे की चाबी मिल जाती है तो वो दरवाजा खोल एली को बाहर निकाल लेता है अब शाम को खीरा एली को स्टीवन का ध्यान रखने को कहती है क्यूँकी वो और ब्रायन को ऑफिस जाना पड़ रहा था उनके ऑफिस में इमरजेंसी मीटिंग थी एली जब अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रही थी तो स्टीवन एक मास्क पहनकर एली को डराता है और मास्क किसी जानवर के कंकाल का था जो कि स्टीवन को वहीं के एक सीक्रेट रूम से मिला हुआ था फैमिली को इस सीक्रेट रूम के बारे में पहले से कुछ पता नहीं था एली फिर अंदर जाकर उस रूम को देखने लगती है और वहाँ पर बहुत ही पुरानी चीजें रखी हुई थी वहाँ पर रखे हुए एक रिकॉर्ड प्लेयर को एली चलाती है उस रिकॉर्ड प्लेयर में एक आदमी वही इक्वेशंस को बोल रहा था जो कि वहां की दीवारों और दरवाजों पर लिखी हुई थी तभी बेसमेंट से किसी के तेज तेज सांस लेने की आवाज़ें सुनाई देती है और अचानक से पूरे घर की लाइट भी चली गई थी एली अपनी माँ को कॉल लगाती है और कीरा एली को बेसमेंट में जाकर इलेक्ट्रिक सर्किट को देखने को कह देती है एली को इतने अंधेरे में डर लग रहा था तो इसी लिए अभी जाकर इलेक्ट्रिक सर्किट ठीक नहीं करना चाहती थी कीरा एली को डर हटाने के लिए उसे कहती है कि वो नीचे जाते समय अपने हर फुट स्टेप को काउंट करे एली भी आँखें बंद करके आगे बढ़ती है और तभी एली कहीं पर गिर जाती है कीरा ऐली को आवाज देती है पर एली ऐसी कोई जवाब नहीं मिल रहा था फिर कीरा और ब्रेन तुरंत कर आ गए थे वे घर आकर पूरे घर में एली को ढूंढते हैं लेकिन एली उन्हें कहीं नहीं मिलती है वे दोनों पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस वहां पर आने के बाद में आसपास के जंगलों की तरफ एली को ढूंढती है पर एली का कोई भी अता पता नहीं था और कुछ क्राइम होने का भी कोई सबूत नहीं मिला था पुलिस कहती है कि शायद एली खुद ऐसी घर छोड़ चली गयी होगी और पुलिस उन्हें एली का थोड़ा वेट करने को कहती है क्यूँकी हो सकता है की एली शायद अपने दोस्तों के घर गयी हो अगले दिन फिर पूरी फैमिली आस के पड़ोसी को लेकर एली को जंगलों में ढूँढती है पर एली नहीं मिलती है अब फिर ब्रायन को भी लगता है कि एली घर से भाग गई होगी क्योंकि वैसे भी वो उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा थी आरोप कीरा को ऐसा नहीं लगता है क्योंकि उसने लास्ट टाइम एलिसा फोन पे बात की थी और उसे पता है कि एली के साथ में कुछ ना कुछ बुरा जरूर हुआ होगा अगले दिन कीरा आसपास के हर जगह पर मिसिंग पोस्टर लगा देती है एली का ये सब करने की वजह से वो अपने बेटे स्टीवन को स्कूल से पिकअप करना भूल गई थी तो स्टीवन के स्कूल टीचर उसे कॉल करके बताती है कीरा तुरंत स्टीवन को लेने के लिए निकल जाती है और स्टीवन को पिक करके वो पुलिस स्टेशन जाती है वो वहाँ आरोप एली के बारे में पता करने के लिए पुलिस के पास आई हुई थी लेकिन पुलिस के पास में उन्हें बताने के लिए कुछ खास नहीं था पुलिस ने ट्रेन और बस स्टैंड के सीसीटीवी कैमरा चेक किए थे उन्होंने एली के फ्रेंड्स को भी कॉल किया था पर उन्हें कुछ पता नहीं लगता है और अब तक एली का फोन भी नहीं मिल रहा था कुछ समय से एली सोशल मीडिया पे हेरेस्ड और बुली भी हो रही थी और यह सुनकर खेरा को बहुत बुरा लगता है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता था एली ने छुप अपनी बॉडी पे एक टेटो भी बनवाया था जो की उसने अपनी फैमिली ऐसी छुपा कर रखा हुआ था कीरा पुलिस को बार बार बेसमेंट चेक करने को कहती है क्योंकि उसके मुताबिक एली एलिभागी नहीं है पर ये कोई क्रिमिनल केस नहीं था तो वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे कीरा जब अपने घर पर जाती है तो उसे घर के फ्रंट डोर पर कुछ अजीब लिखे हुए वर्ड्स दिखाई देते हैं और वो उन्हीं वर्ड्स को इंटरनेट आरोप ढूंढने लगती है इधर स्टीवन भी खेल रहा होता है और उसकी बोल बेसमेंट के डोर के पास जाती है कीरा को वो नाम सर्च करने आरोप वही सिंबल्स नजर आते हैं जो की उस घर आरोप बने हुए थे और वो स्टीव ऐसी भी उस रात के बारे में पूछती है लेकिन स्टीवन को उस रात कुछ अजीब नजर नहीं आया था उन्होंने सिर्फ उस रिकॉर्ड प्लेयर को चलाया था किरा फिर से लैपटॉप पर अपनी बेटे के सोशल अकाउंट दिखती है और वहाँ पर उसे अपनी बेटी का टैटू भी नजर आता है फिर वो उस बेसमेंट को चेक करने जाती है उसे बेसमेंट की सीढ़ियों पर रोमन नंबर्स भी दिखाई देते हैं उन लास्ट सीढ़ी पर एक इक्वेशन लिखा हुआ था लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह थी की अल्ट्रा वायल्ट देखने आरोप दीवार पर बहुत सारे डिस्टर्बिंग फेसर नजर आते थे कीरा फिर पुलिस वालों को बुलाती है वो पुलिस फोरेंसिक टीम के साथ में आई थी एक फोरेंसिक ऑफिसर से स्टीवन की बॉल बेसमेंट के अंदर गिर जाती है लेकिन उन्हें सब जगह देखने के बाद में भी कुछ अजीब दिखाई नहीं दे रहा था वहाँ पर सिर्फ उसी आदमी की पेंटिंग ऐसी थी जो की फिफ्टी के समय ऐसी वहाँ पर थी पुलिस उनसे उस घर की हिस्ट्री के बारे में पूछती है पर ब्रायन और केरा को इस बारे में कुछ नहीं पता था उनको यह घर बहुत कम दाम में मिल गया था और उन्होंने उसे खरीद लिया था अब फिर रात को सभी सो रहे थे और तभी स्टीवन आकर कीरा को जगा देता है क्योंकि उसने अपना बेड गीला कर दिया था कीरा जाकर स्टीवन की बेडशीट बदलती है और फिर वो बाथरूम में जाती है और वो अपनी बेटी की लास्ट कॉल की रिकॉर्डिंग सुनती है ताकि उसे अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर अच्छा लगे फिर अचानक ऐसी उसे एली की आवाज बाथरूम के नल ऐसी आ रही थी और जब वो बाथरूम छोड़ती है तब भी उसे वही आवाज सुनाई दे रही थी और उसे महसूस होता है कि एलिक की आवाज़ बेसमेंट से आ रही है वो जब स्टीवन की एक बॉल को बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे फेंकती है तो उसे सुनाई देता है कि दस सीढ़ियों से ज्यादा ही बॉल नीचे जा रही है और वो लाइट ऑन करके खुद अंदर जाती है लेकिन उसे वो बॉल कहीं नजर नहीं आती है अब सुबह जब ब्राइन उठकर देखता है तो कीरा उसके पास में नहीं थी वो उठकर देखने जाता है तो कीरा डोर के ऊपर लिखे हुए सिंबल को देख रही थी जो इक्वेशन उसे बेसमेंट की लास्ट सीढ़ी पर मिली थी वो उसने एक पेपर आरोप लिख लिया था पर ब्राइन इन सिंबल आरोप जरा भी यकीन नहीं करता था उसे ऐसा नहीं लगता था की इन सब चीजों ऐसी उनकी बेटी एली वापस आ जाएगी कीरा फिर घर के ब्रोकर ऐसी बात करके घर के बारे में पूछती है पर उसे कुछ भी नहीं पता था वो सिर्फ इतना जानता था कि वो घर बहुत ही ज्यादा फेमस आदमी का था और वो ये भी कहता है कि वो पहले की बाकी बातें पता लगाने की कोशिश करेगा लेकिन कीरा ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती थी और वो डोर पर लिखे हुए सभी सिंपल की फोटो लेकर ऑफिस जाती है वो पिक्चर्स अपनी सेक्रेटरी को देती है और उसे इस बारे में पता लगाने को कहती है जब वो ऑफिस से अपने घर पर जा रही थी तो उसकी सेक्रेटरी आकर उसे कहती है कि ये वर्ड्स हिब्रू लैंग्वेज में लिखे हुए हैं और उसे उन सिंबल्स को मिलाकर लिब्रेट का पता लगा जो की एक ग्रीक मैथोलॉजी का एक क्रिएचर है फिर केरा स्टीवन को स्कूल से पिकअप करने जाती है कीरा देखते है कि स्टीवन की आंखें सूजी हुई है और स्कूल में उसका केसेस है झगड़ा हुआ था अब घर पहुंचकर कीरा इंटरनेट पर उसी क्रीचर लिप्टिस के बारे में सर्च करती है वो उसे समझने की कोशिश भी करती है वो फिर उस रिकॉर्ड प्लेयर को चलाती है वो फिर ऐसी उसी आवाज की गिनती कर रही थी रूम की कुछ चीजें अपने आप हिल रही थी उस आवाज को सुनने के बाद में स्टीवन प्रजस्ट हो गया था और वो भी काउंट करता हुआ उस सिक्रेट रूम की तरफ आगे बढ़ने लगा था उस रूम का दरवाजा अपने आप खुल गया था कीरा को अपने बेटे स्टीवन की आवाज आती है वो रिकॉर्ड प्लेयर को बंद करके वो अपने बेटे को रोकती है और तभी स्टीवन पोजिशन से बाहर आता है और उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसने क्या क्या किया है कीरा घर पर लगी उसी आदमी की फोटो को देखती है जो कि उनके घर पर लगी थी और फोटो के नीचे कीरा को उस आदमी का नाम लिखा हुआ मिलता है जिसका नाम जॉन फादरसन था और उस नाम के नीचे वही सिंबल बने हुए थे कीरा उसी आदमी के नाम को इंटरनेट आरोप सर्च करती है और उसे ये पता लगता है की उस आदमी की बेटी के अलावा उसका पूरा परिवार गायब हो गया था और तभी कीरा को बेसमेंट से किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज सुनाई देती है और अचानक से उसी समय पूरे घर की लाइट भी चली जाती है फिर अब स्टीवन की भी रोने की आवाज़ बेसमेंट से आ रही थी और कीरा दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन उस दरवाजे का लॉक अटक गया था जब वो लॉक खोल से बेसमेंट के अंदर देखती है तो उसे किसी जानवर की आँखें नजर आती है और वो डर जाती है तभी वो देखती है की स्टीवन तो उसके पीछे खड़ा हुआ है और वो बेसमेंट पर नहीं है फिर अचानक से लाइट भी वापस आ जाती है और उसे दिखता है कि बेसमेंट के दरवाजे की चाबी डोर के पास ही पड़ी हुई है वो दरवाजा खोलकर बेसमेंट के अंदर जाती है तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया था अब वो स्टीवन को दरवाजा खोलने को कहती है पर स्टीवन का हाथ लॉक तक नहीं पहुंचता है जिसके बाद में स्टीवन एक चेयर लाता है लॉक को खोलने के लिए और अंदर कीरा का फोन गलती से सीलियों से नीचे गिर गया था वो फोन को उठाने लगती है तो उसे किसी के तेज तेज सासे लेने की आवाज सुनाई दे रही थी जो कि धीरे धीरे उसी के पास में आ रही थी और डर के मार कीरा स्टीवन से उस दरवाजे को जल्दी से खोल देने को कहती है तभी ब्रायन भी ठीक समय आरोप आके कीरा को उस बेसमेंट से बाहर निकालता है कुछ देर के बाद में कीरा ने बेसमेंट में जो कुछ महसूस किया था वो सब कुछ ब्रायन को बताती है वो उसे ये भी बताती है की उसका फोन बेसमेंट में गिर गया था लेकिन वो उसे वहाँ पर मिला ही नहीं कीरा ब्रायन को जॉन फादरसन के बारे में भी बताती है जिसकी पूरी फैमिली एली की तरह गायब हो गयी थी और कीरा के मुताबिक वहाँ पर कुछ तो अजीब जरूर है ब्रैंड कीरा को शांत करने के लिए बेसमेंट में कीरा का फोन ढूंढने जाता है और फोन तो उसे नहीं मिलता है लेकिन वहाँ पर ब्रैंड को इसी के बाल जरूर मिलते हैं अब अगले दिन कीरा नेशनल कॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स में जाती है वो वहाँ पर एक प्रोफेसर ऐसी मिलकर उन्हें वो सिम्बल्स और इक्वेशन दिखाती है और जब वो प्रोफेसर उन इक्वेशन को देख पढ़ता है तो अचानक ऐसी उस रूम की लाइट फ्लक्चुएट हो रही थी वो इक्वेशन को सॉल्व करने लगता है और वो कीरा को जॉन फादरसन के बारे में भी बताता है जो कि उसी कॉलेज में फेमस साइंटिस्ट था पर उसका बेटा जब बीमार पड़ गया तो उसने साइंस छोड़ दी थी और एक दिन अचानक वो सब गायब हो गए और किसी को पता नहीं था कि वे सभी लोग कहाँ पर गए हैं वो शायद उसकी बेटी को पता हो कि जॉन के साथ में क्या हुआ है लेकिन उसकी बेटी ने कभी भी किसी से बातें नहीं की उसकी बेटी उस सदमे से बाहर निकल नहीं पाई फिर वो उस इक्वेशन को सोल्व करके बताता है कि वो किसी अलग डायमेंशन में जाने की बातें कर रहा है और ऐसी इक्वेशन उसने कभी भी नहीं देखी थी प्रोफेसर उस इक्वेशन पे और आगे काम करना चाहता था और वो केरा को घर जाने का बोलता है और कहता है की वो उससे बाद में कॉल करेगा कुछ देर के बाद में किरा अपना नए फोन लेकर घर आती है और तभी प्रोफेसर का कॉल उसे आता है जो की उसे बताता है कि इक्वेशन आधी अधूरी है और उस इक्वेशन से एक अलग डायमेंशन में जाने का रास्ता खुल जाता है यूरोप के एक शहर बुल्गारिया में भी ऐसी एक फैमिली रातोंरात गायब हो गई थी कीरा फिर ये सभी बातें ब्राइन को बताती है लेकिन ब्राइन इस पर बिलीव नहीं करता है और कीरा इन सब चीजों में लगी हुई थी तो वो गुस्से ऐसी बेसमेंट की सीढ़ों में लगी हुई इक्वेशन को तोड़ने लगता है तभी वही रिकॉर्ड प्लेयर अपने आप चलने लग जाता है और स्टीवन पलने लगता है पोजिशन की हालत में स्टीवन उस सीक्रेट रूम की तरफ जाने लगता है और स्टीवन वहाँ पर अपनी बहन को देखता है जिसके फेस पर भयानक भयानक निशान बने हुए थे स्टीवन डर के चिल्लाता है और कीरा और ब्रैंड वहाँ पर आकर उसे संभालते हैं फिर रिकॉर्ड प्लेयर जैसे ही बंद होता है तो एली भी गायब हो गई थी लेकिन उसका फोन वहीं पर रहेगा था अब अगले दिन कीरा को घर के ब्रोकर ऐसी जॉन की बेटी का पता मिलता है और वो उसी एड्रेस आरोप उसे मिलने के ले जाती है जॉन की बेटी का नाम था और वो बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी और वो एक नर्सिंग होम में रहती थी वो ज्यादा किसी से बातें नहीं करती थी और कीरा उसे अपनी बेटी के बारे में और उस घर के बारे में बताती है अब रोज भी लेपिथिन के बारे में बताने लगती है जो कि नरक के दरवाजे का ख्याल रखता है उसके फादर ने ही उसे बुलाया था ताकि वो अपने बेटे की बीमारी ठीक कर पाए लेकिन सिर्फ वो बेसमिट ही नहीं उनका पूरा घर नरक के दरवाजे ऐसी जुड़ा हुआ है अब घर जाते समय वो उसी प्रोफेसर को कॉल करती है लेकिन कॉल में भी उसे वही नंबर्स की काउंटिंग चल रही थी घर पर ब्रैंड भी उन सिंबल्स पर रिसर्च करने लग गया था और उसे इंटरनेट आरोप डिबंदेट के बारे में पता लगता है जो कि उन्हीं सिंबल्स को जोड़ने से बेफामेट का साइन बनता है और वो भी नरक के दरवाजे का रख था कीरा वापस आकर ये सब देखती है तो उसे पता लगता है की रोज सही कह रही थी और कीड़ा खुद उस रिकॉर्ड पेड़ को चलाती है फिर ऐसी वही काउंटिंग स्टार्ट होती है जिससे सुनकर स्टीवन पजस्ट होकर बेसमेंट की तरफ जाने लगता है जहाँ पर बेफामेट उसे नरक में ले जाने के लिए रुका हुआ था स्टीवन चिल्लाता है और तभी घर की लाइट्स भी चली जाती है कीरो बेसमेंट पे जाती है पर वहाँ पर उसे स्टीवन का डाउन टूटा हुआ मिलता है वो स्टीवन को ढूंढने लगती है और तभी उसे स्टीवन का बॉल सीढ़ियों के नीचे आता दिखाई देता है जो की गैप हो गया था स्टीवन पजेस्ट होकर सिक्रेट रूम की तरफ जा रहा था और वो स्टीवन को होश में लगती है स्टीवन को अब बहुत तेज बुखार आ गया था और वो स्टीवन का शर्ट खोलती है तो उसके सीने पर एक निशान दिखाई देता है स्टीवन बताता है कि उसने एक मोन्सर को देखा है जिसके बाद में कीरा ब्राइन को देखने जाती है जो कि पजस्ट होकर दरवाजे पर खड़ा हुआ था और वो भी काउंटिंग कर रहा था फिर सीक्रेट रूम का दरवाजा अपने आप खुलता है और जैसे ही हवा चलती है तो बेफामेट की भी आवाज आने लगी थी कीरा एक रूम में छुप जाती है पर शैतान उसे वहाँ ढूंढ लेता है और कीरा बेसमेंट की तरफ भागती है उस नरक का दरवाजा खुल जाता है जिसके बाद सीढ़िया बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है कीरा छुप जाती है और वो बेफा के नरक में जाने का वेट करती है लेकिन वो खुद ही नरक में पहुँच जाती है जहाँ पर वो सारे लोग काउंटिंग करके अपनी नरक की सजा की तरफ आगे बढ़ रहे थे कीरा उन लोगों के बीच में अपने बेटे को ढूंढना लगती है और बहुत देर ढूंढने के बाद में उसे एली मिल गई थी वो एली को लेकर उस बेफामेट के आने से पहले ही सीलों से बेसमेंट के ऊपर आ जाती है और अब तक घर में लाइट भी वापस आ गई थी और तभी वो उस बेसमेंट का डोर भी बंद कर देती है जिसके बाद में सभी तुरंत घर को छोड़ जाने का सोचते है लेकिन जब एली घर का दरवाजा खोलती है तो उनका घर असली दुनिया में था ही नहीं क्यूँकी उनका घर नरक की दुनिया में आ गया था और वे अब सभी नरक की दुनिया में फंस चुके थे और सभी एक साथ में उन नंबर्स को काउंट करते हैं और बेसमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं मतलब कि कीरा का परिवार जॉन के परिवार की ही तरह असल दुनिया से गायब हो चुका था और वो अब नरक में पहुंच गए थे और पूरी दुनिया के लिए जॉन की ही तरह गायब हो गए थे और इसी के साथ में ये मूवी यही आरोप एंड हो जाती है दोस्तों इस मूवी का नाम है सेलर जिसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल आरोप अपलोड कर लूँगा तो वीडियो पसंद आयोक शेयर को सब्सक्राइब जरूर कर देना बहुत सारे इंटरेस्टिंग मैं जल्द ही अकेले लेकर आने वाला हूँ